वोट किसको दिए? मेरा अरे तो तो था। <laughs> था। किसको दिया वोट कैसा लगा क्या अच्छा लगा अच्छा लगा बहुत मजा आया आगा वहाँ अंकल का एक्टिंग कर रहा थे? तो रहे थे तो बोल रहा बहुत मजा आया तो वहीं तो है। वहीं हाँ। अब फिर वहां तो कैंसिल हो या। किसको हमारी एक ही राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी बीजेपी के अलावा हम किसी को नहीं पहले नंबर पे वही है ना? फर्स्ट पार्टी नाम भी ऐसे ही शुरू होता है वोट भी एक ही जाता है न अरे अपन ने किसको दिए अरे अरे धूल मत भागो आज गायब है पता ही नहीं लग रहा है साला किधर पे है क्या कर रहा है काट दिया ने बहुत बिजी ज्यादा ही बिजी लग रहा है। ये दोनों क्या कर रहा हैं? पुछ सर्थ पुछ सर्थ। एक चला रहा मोबाइल एक चला रहा कपड़े जमा रहा भैया रोहित माल निकाल ब्लैक कर देना है ये है भाई साहब हमारे दोस्त की शॉप अरविंद साहू की जो कि है अशोका तो गार्डन में फेमस के पास हमारे भाई साहब पूरा होल सेल वाला सामान रखता है। ये किसी को भी होल सेल में लोअर टी शर्ट जीन्स पैंट जो भी चाहिए हो आप यहाँ से ले सकता टोटली होल सेल वाला काम है माल जमाते हुए ये माल रेडी कर रहे हैं दूसरी जगह भेजेंगे ऑर्डर आया है उनका ऊपर वो डाउन है नीचे भी वो डाउन है, जो सामने रोड है। ये हमारे दोस्त की हाँ जी चल रही है छम छम चम चलो चलो ये देखो छम छम चम पता नहीं क्या पेन रहा है ये लग रहा है ऐसे कि मूवी वाला सीन है ये तो डांस क्लास जाओगी किसी को चाहिए हो तो यहाँ आ सकता है ले सकता है पूरा वर्ड एट में सस्ते में सस्ते है बताइए ओके वीडियो पसंद आए तो लाइक करना गाइज चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना गाइज और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना कैसा लगा ये वीडियो और बेल बेलाइकन जरूर दबाना गाइ नया जो वीडियो डालेंगे वो सीधा आपके नोटिफिकेशन के थ्रू आ जाएगा तो मेरे मिलते हैं क्या नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय सी यू टेक केयर